तो हेलो हेलो हेलो प्यारे दोस्तों मित्रों बंधु सखा भाई बंधु सबको मेरी तरफ से और एक फ्रेश वीडियो में वेलकम तो आज का टॉपिक हम लोग लाया है भाई प्रेफल का क्योंकि प्रेफल का नया स्किन आया है प्रेफल का नया गन आया है तो चलें हम लोग तो भाई प्रेफल ट्राई करेंगे भाई रिंग मूड ज़्यादा बड़ा हो जाता है इतना नेट पैक तो मेरा पास भी नहीं है जो रिंग मूड खेल के पैराफल का स्किन का वीडियो दिखा के आपको मतलब इम्प्रेस कर सकाऊँ मतलब भाई होता नहीं है भाई इतना नेट पैक तो मेरा भी नहीं है जो मैं वीडियो इतना बड़ा डाल सकूँ तो इसलिए सीएस एस जितना हो सकता है सी एस मी मैं खेल के पैराफल का स्किन का आपका पूरा वीडियो दूँगा और डिटेल्स में दिखाऊँगा जो ये पैराफल कैसा है आगे वाला बेहतर था या ये वाला अच्छा है पूरा वीडियो देने देने वाला हो तो भाई वीडियो क्लास तो बिना किसी देरी के तो तो तो भाई भाई भाई भाई ओपी ओपी ओपी से से से हेडशॉट हेडशॉट हेडशॉट हेडशॉट दे दिया किधर जाता तो मैंने एक, एक को किया है जैसे-जैसे जाएगा सेकंड राउंड लग जाए भाई जाता है? है है है भाई बड़े सजन है भाई इस को को किया किया बड़े में बोल रहा तो कभी यूज़ कर रहता हूं। एक बंदा बाकी इसको भी मारने के मतलब पूरी तैयारी में हम करेंगे इसको और दबा के तो भाई सब वीडियो से बढ़ने से पहले भाई दबा के लाइक ठोको सब्सक्राइब करो मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करते हो लेकिन करो जरूर और कुछ बुझ अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करो तुम लोग करते हो आजकल कमेंट मुझे अच्छा लगता है भाई बहुत ही भाई पैराफल तो हम लोग को मिल चुका क्या है स्किन है इसका देखो अच्छा ही है लेकिन ट्राई करते हैं इसको हेडशॉट कितने लगेंगे हेड रेट कितने पड़ेंगे वही ट्राई करना है मेरे को अभी तो इसका हेड रेट क्या हो सकता है मतलब बॉडी शॉट में क्या पड़ता है वो भी देखना पड़ेगा हम लोगों को तो ये वाला बेहतर था और 37 37 का बॉडी शेट पड़ता है भाई तो इससे तो आगे वाला ज़्यादा बेहतर था क्योंकि मतलब बहुत ही बेहतर आगे वाला बोल सकते हैं क्योंकि उसमें 48 का बॉडी शेट देता है भाई 48 का और मतलब क्या ही बोले भाई देखते हैं कितने हेड लगते हैं इस पेराफल से भी वो भी हम लोग ट्राई करेंगे इसी वीडियो में तो वीडियो को लास्ट तक तो एंजॉय करो भाई और जिस किसी ने लाइस लाइक कर दिया उन लोगों को थैंक यू और जिस किसी ने सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को भाई बहुत बहुत बहुत, बहुत थैंक यू भाई छोटा मोटा चैनल है उसको ग्रो करना चाहता हूँ और थोड़ा फेमस करना चाहता हूँ भाई आप लोगों को आप लोगों की मतलब मर्जी कर सकते हो नहीं करो तो कोई बात नहीं मैं तो वीडियो डालते रहूँगा आप लोगों को परेशान करते रहूँगा तो बॉडी शॉट भाई सामने 50 करके दे रहा है भाई इतना बुरा भी नहीं है कूड़े से डबल है ना इसका डैमेज है ओ भाई साहब हेड शॉर्ट टू का हेड शॉर्ट भाई देखा कि नहीं क्या मस्त वाला हैड था भाई टू का हेड शॉट दिया था मैंने मस्त मस्त इसका किल मिल जाता तो मज़ा आ जाता है ये किधर जा रहा है भाई भाई भाई ओ भाई ओ भाई लगा नहीं लगा रुक जा रुक जा फोर्टी फाइव ए भाई सब रुक जा भा� रुको रुक, रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक भाई एक डाउन है भाई इधर से कोई घर से आएगा तो तो उसको मैं मार सकता हूँ लेकिन ये वाला थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दे सकता है भाई ओ भाई साहब ये क्या कर रहे हैं लेट के ओह भाई ओह हो थोड़ा सा लेकिन और थोड़ा छुप जाता ना तो मज़ा ही आ जाता भाई मतलब कोई नहीं कोई नहीं फिर से हम लोग को पेराफल मिलेगी फिर से हम लोग ट्राई करेंगे मारने की कोशिश कोई पेराफॉल से लॉन्ग रेंज में खेल के मज़ा आ मज़ा आता है मज़ा आ जाता है शॉर्ट रेंज में होने से बहुत तकलीफ होती है क्योंकि शॉर्ट रेंज में क्या होता है बॉडी शर्ट से ही मारना पड़ता है और हेड शर्ट तो बहुत ही कम लगती है तो बॉडी शर्ट से ही ज़्यादा मारना पड़ता है ना इसी वजह से हम लोग शॉर्ट रेंज बहुत प्रॉब्लम होती है थोड़ा लॉन्ग रेंज में डिस्टेंस में आ जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए सॉरी <k> तो <schreiben> भाई साहब किधर है यानी इधर थोड़े से लॉन्ग रेंज में हम लोग चला जाते हैं वो भाई इस तरफ से आ रहे दो भाई, भाई, भाई और इसको भी ओ भाई साहब दो किल मिल गया भाई पाँच एच पी में बचाऊ भाई पाँच एच पी में वो भाई नौकराई पाँच एच पी में बचा हूँ भाई लाइट तो बनती है भाई पाँच एच में क्योंकि मैं बचा हुए पाँच एच में में बचाने कोई दो किल वो भी पाँच एच में दो किल देखो मैं नहीं, नहीं भाई, भाई लाइक तो बनती है भाई ठीक है ना तो लाइक कर दो और सोच के सब्सक्राइब मार दो ठीक है सोच के क्योंकि वीडियो आप लोगों की अच्छी तो लगने वाली है भाई बेहतर भी होने वाली तो भाई अब फिर से बेरा फल हम दो दो मिल गई इस बार तो इस बार तो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं शॉर्ट रेंज में कोई आ जाता है ना कोई शॉर्ट गनगन वगैरह लेके आ जाता है तो मेरा तो राम राम स्वाहा तो उधर <laughs> <ना> ही <laughs> तो शॉर्ट रेंज में कोई लेके आ जाए तो राम राम स्वाहा मेरा उधर ही हो जाएगा और मई कत्था में पान लगाना तो भाई क्या ही बताऊ चूना लगा देगा मुझे बोला थोड़ी देर शोर्ट गन ही आ गई उधर है उधर है बंदे पीछे है पीछे है उस घर के सामने बंदे हो सकते हैं रुक भाई ध्यान जाओ है घर में चेक करो पहले आगे वाला नहीं है इधर जाओ मारे ओ भाई क्या है यार बॉडी शर्ट यार कितना मस्त है चिपकता है ओ <laughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> भाई क्या कर रहा है भाई सब ही वो लोग निकल चुके हैं यहाँ से ये लोग इधर से निकल चुके हैं भाई तू जोन में जाएगा अभी इधर मत जा अंदर जा वो भाई वो भाई जाओ मत तो भाई सब कभी कभी तो रेंडम प्लेयर के साथ खेल के मजा ही आता है क्योंकि रेंडम प्लेयर बहुत ही अच्छे अच्छे आ जाती है कभी कभी कभी बुरी भी आती है इतनी बुढ़ी आती है तो एक बोल नहीं सकते भाई तो कभी कभी बहुत अच्छे भी आ जाते तो आप लोग ज़्यादातर रेंडम प्लेयर के साथ खेलते हो या मतलब अपने टीम है तो अगर अपना टीम के साथ मतलब मतलब कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए अपने टीममेट के साथ खेलते हो या मतलब हम लोग के हाथ में आ गया तो ये हम लोग का चौथा राउंड चौथा चौथा भाई चौथा भाई पेराफुल ही लेंगे भाई हम लोग क्योंकि पैराफुल का गेम प्ले दिखाना है भाई यूजी भी ले लेते हैं एक सौ ट्रेंच के लिए काम आता है यू भाई इतनी स्पीड चलते हैं ना तो ये शॉर्ट भी इसके सामने बेकार है भाई ये तो मैं लिख दूंगा भाई यू भी यू मतलब क्या ही बोले तो लास्ट गेम प्ले होने वाला है शायद ये हम लोग का हाथ में जब बोया आ जाए बहुत अच्छी बात है और पेराफल ले लिया पोया फिर से एक और हेड शॉर्ट गिर जाए तो भाई क्या ही बोले भाई इस बार यदि मैंने एक भी हेड गिरा दिया ना भाई जरूर से ज़रूर लाइक कर देना ठीक है ना वीडियो को पूरी पूरी देख जो जो वीडियो देखा है उसके लिए तो बहुत बड़ी बहुत मतलब शुक्रिया थैंक यू क्या ही बोलूं और भाई एक भी हेडशॉट अभी गिर गिरा ना लास्ट में तो भाई लाइक जरूर कर देना ठीक है ना तो भाई इसको हेडशॉट मारने की कोशिश लेकिन ये कहाँ जा रहा है कहाँ नबड़े तो भाई नहीं हुआ बॉडी शॉट से भाई बॉडी शोडी मार दे भाई एक बंदा उन लोग को बचाए भाई उन लोग को बंदे का भाई मुझे मारना दो भाई एक बंदा किधर है वो हेडशॉट मारना है मुझे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ आराम से मुझे हेडशॉट मारना है इधर भाई है? आई और ओपीसा ये हेड शॉट और प्लीज एक लाइक एक कॉमेंट और आपको तो पता ही सब्सक्राइब करने का पास पे जो रेड है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसमें प्रेस करे नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेलेक्ट करें और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया तो थैंक यू बाय बाय मिलते हैं किसी नए वीडियो में कल